ताना करो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है कोई लड़की अगर आके चढ़ेगी तो ये साले भाई सोशल मीडिया पे जस्टिस मिल जाती है साल देंगे बहुत तो सी लड़की आ रही है भाई देख के दो हैं आ, कुछ नहीं तो साले साठ पैंसठ तो मेरे भी हैं इसका पे